चलता ब्रह्मांड तो रहेगा तुम आंखें खोलो यहां सब अमर नहीं है ये हमेशा नहीं रहेगा तुम्हारे होने से नहीं चलता है मुस्कुराते हुए या जरूरत है तुम तो अकेले भी भाग सकते हो या दूसरों की भी जरूरत है तुम्हारे साथ वो नहीं है पर किसी को तो तुम्हारी जरूरत है अगर चलो कोई तो होगा तुम्हारे लिए मुस्कुराता होगा तुम्हारे आने से तुम चाहता होगा तुम्हें दिल से बस याद रखो छोटे छोटे कदमों से चलते रहो आग क्या जरूरत है हो। तुम्हारे होने से नहीं चलता है, है। तो तो मेरे लिए तो तुम ही जरूरी हो। मुझे तुम्हारी भी जरूरत है तुम्हारा होना भी जरूरी है तुम्हारी हंसी की भी जरूरत है धीरे तो धीरे चलते रहो इतना नहीं रहो यहाँ कोई